मनीष जिसमे जो ऑप्शनल है है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया मुझे थोड़ा वेलफेयर वेलफेयर वेलफेयर स्टेट स्टेट स्टेट को बताइए सर वो का एक है जिसमें जो सरकार होती है वो जनता के जो भी अपलिपमेंट के लिए डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर्स में डिफरेंट वर्क करती है इंडियन वेलफेर ऑडियो सर सिंस इंडिया इज ए developing country, so uh... Welfare uh, concept of welfare state uh, becomes very broad here because uh, the society in Western countries they are quite developed. So uh, there uh, it is in uh, it is quite narrow as compared to Indian one, where the role of the state in welfare regime is quite large. For example, sir, uh, India is providing subsidy on food, petrol, diesel, and fertilizers also. so so so and other sectors also also like in system also. So, uh, but in system but but the western uh, countries which are much developed poverty is less so welfareism there but it becomes रोल ऑफ डी पी एस पी इनफेयर सर डी पी एस पी आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट को guide करती है डी एस पी को आप बेसिकली दे देखेंगे मोरलिगेशन ओके श्रीलंका क्राइसिस जो आप देख yes, uh, uh, okay. रहे हैं श्रीलंका चल रहा है इसका क्या क्या रीजन बेसिकली देखते देखते हैं क्या देखते हैं वेलफेयर स्टेट को सर आ, क्राइसिस के मेनली दो रीजन मैं देखता टाइप की होती है एक होती है प्रोडक्टिव वेलफेयरिज्म और एक होती है निगेटिव वेलफेयरिज्म प्रोडक्टिव वेलफेयर श्रीलंका में जो फॉलो किया गया फ्रीवीज बांटे गए सर फ्रीवीज बांटने के कारण जो पोलिटिकल पार्टीज जो फ्रीवी बाटी वो फेयर के तहत आता है जिसके कारण वहां काफी इकोनॉमिक डिसिप्लिन की गड़बड़ हो गई और दूसरा सर श्रीलंका जो है मेनली कम्प्लीटली ऑर्गेनिक जाने का एक डिसीजन लिया था सर और उसके लिए वो उस वक्त तैयार नहीं थे क्या इंडिया में भी आप किसी स्टेट की पॉलिसी से देखते हैं जो श्रीलंका जैसी अभी प्रेजेंट में सर uh, रिकॉल नहीं कर सर पाऊरनेस so, जो ये फ्री का कॉन्सेप्ट है जैसे फ्री के बिजली फ्री का पानी ये सब चीजें क्या वेलफेयर वेलफेयर वेलफेयर में में आप इनको रखेंगे sir, uh, is, uh, welfare, सर बट इट इट इट इट इट कम्स अंडर नेगेटिव नहीं इज इज इज फ्रॉम फ्रॉम इफ चीजेंगे then it it it is is positive welfareism welfareism welfareism but if it is, if this welfareism activity activity carried by borrowings government government government borrow loan loan welfare negative taxes taxes taxes through through financial discipline maintain good good free कोई नहीं है सर इफ टैक्सपे के मनी से अगर हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो ये सर अच्छा है कोई कैटेगरी बना सकते हैं आप कंट्री के बारे में कि वेलफेयर में क्या क्या आना चाहिए नेसेसरी कुछ चीजें आएंगी सर जॉन को पढ़ा है चलिए आपका ऑप्शनल जो है प्रोवाइड है ठीक है अभी प्रेजेंट में करंट करू क्या चल रहा है राजद्रोह देश में जी सर बताएंगे यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सोवी ऑफ इंडिया एंड This uh, rashro is something related uh, saying anything scandalous about government, either it is in verbal, written or other gestures, sir. Section from where is rashro? Sir, section one twenty four a. One twenty four a. This is which law? IBC, CRPC. Sir, I am not sure about it. Uh, but I can guess. Sir. Uh, please sir it बट आई कैन गेट सर प्लीज सर इट इज अंडर आई पी सी आई पी सी चलिए थैंक यू सर मनीष जी यस सर आपसे बातचीत शुरू करने में सबसे पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि आप English में बात करेंगे या Hindi में बात which way you would like to answer sir english okay thank you then uh, will you answer a simple question how do we understand max weber's ideal type sir max weber ideal type uh, mainly focuses on two things economy and efficiency weber uh, thought that uh, the model which weber had developed in the long time it will achieve maximum efficiency and um, it will uh, lead to uh, it will lead to an uh, efficient economy okay manish my next question is that how do you differentiate between an administrator and a manager yes sir sir a uh, uh, administrator Uh, a manager uh, he is only uh, managing the things in a hor horizontal uh, horizontal structure means at the same level we, uh, which is doing the task but an administrator his task is to uh, level up the things uh, i am uh, sir i am not able to like express myself You are unable to express due to your uh, incapacity to answer this question, or uh, due to some other reason. Or due to some other reasons. I, I, I am what I am trying to say. And administrator, uh, he is like uh, uh, he can. Uh, apart from managing the things, he okay, can. Let us set uh, a new question. Uh, how do you differentiate this word e-governance and good governance? so e governance is the use of latest uh, communication technology like uh, information and communication technology tools uh, internet and other things uh, for the delivery of services and good governance is the uh, effective and efficient de delivery of services by the government the government of bihar is a representative of or a symbol of good governance or e governance sir i would rather say both sir it is a diplomatic answer we need a specific answer sir uh, it is doing unless both sir good governance exactly, as well as unless you differentiate exactly between the good governance because we you didn't answer what is good governance yes sir good is governance good? is sir effective and uh, efficient uh, delivery of services right right my next question again what sports you play or what is your hobby sir my hobby is waste and paper craft making craft from waste and paper and sports i like cricket sir okay do you remember orange cap in the ipl 2020 yes sir uh, it was ritu raj no no what for orange cap is given Uh, it is for scoring runs sir. most uh, runs in the tournament. And which of the team stand at the first position in this current IPL 2020? The name of two top performers. Currently, sir, I am not following it. But it is. It has been playing for the last ten days. More than ten yes, days. Yes, sir. Right. Uh, sir uh, right now, I am not following it. Leave it. Leave it. You must have observed the visit of Indian Prime Minister to the Europe. Yes, sir. So, what are the findings from Nordic countries? What agreement, in short words, can you? Yes, you're right. What was sir, the agreement? Sir, uh, uh, some Sweden? of the major agreements: Sweden, Iceland, and Norway, along with Denmark. Sir, some of the major agreements are in the field of blue economy, IT. and uh, n l clean energy what is this rogan painting rogan painting sir i am not aware about it okay and uh, uh, again there was a, th these all nomenclatures were used by the prime minister of india during his european visit so sir. yes are you capable sir. enough to raise your mind to answer the questions for the europe visit or i need to switch myself from other area sir rogan painting uh, can i guess yes make a guess uh, sir it uh, it was gifted by our prime minister to the prime minister of Shred uh, sweden i guess and it is a painting from gujarat i guess how do we get the name of the these uh, monsoon disturbances asani and many more names can be given what is the science of these name sir it is it is given by the country uh, surrounding the ocean in an alphabetical manner any more lines sir i am uh, ever about that much okay thank you from my side wait for some time dr sriman praminji will take up the question You, back, you, जी, थैंक थैंक यू यू सर। सर। अच्छा, वेलकम बैक डॉक्टर सुरेंद्र। मनीष स्वागत है आपका थैंक यू सर। आपने ऑर्डर क्या में क्या भरा है? सी में सर बिहार पुलिस सर्विस बिहार फाइनेंस सर्विस बिहार म्यूनिसिपल सर्विस पुलिस सर्विस के को फर्स्ट प्रायोरिटी देने का कोई खास मार्क्सर सर uh, मैं सभी जॉब पोजीशन के साथ कम्फर्टेबल हूँ बट एज एस मैंने पुलिस सर्विस को ऊपर रखा है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर एक डाइवर्स फील्ड है और इन्वेस्टिगेशन में शुरू से रुचि रही तो सर इसको ऊपर रखा है सब पोस्ट पर वैसे तो प्रशासनिक सेवा में आपको हर पोस्ट के साथ मिलेगा है ना जी सर लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये पीएसपी को फर्स्ट प्रायोरिटी देने का कोई कोई खास मकसद या प्रेरणा आपको इंस्पिरेशन कहीं से कुछ मिला हो? सर बस इंटरेस्ट था आपका मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो पुलिस फोर्स में रहते हैं जैसे सामाजिक मुद्दों पे या कोई क्रिमिनल्स हैं जो भी बहुत सारे के आते हैं इन्वेस्टिगेशन में तो सर वो काफी अच्छा लगता है जिसके कारण जो रुचि है सर आज का पेपर पढ़ा आपने जी सर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज बताइए सर इन्फ्लेशन का मुद्दा चल रहा है आ, अभी हमारे देश में श्रीलंका में सर प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस को जला दिया गया है काफी अनस्टेबिलिटी है वहाँ पर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? क्या है? सर, राइज इन प्राइसेस ऑफ इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा सर अच्छा भी है और बुरा भी है सर दोनों पर अगर एक लिमिट में है तब सर अगर जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है एक लिमिट सेट करता है अगर उस लिमिट के अंदर है तो ये अच्छा है सर मतलब वो दोनों परिस्थिति बताएं जिस स्थिति में वो अच्छा है और किस स्थिति में यस मतलब सर आ, सर इन्फ्लेशन अगर कम इन्फ्लेशन अगर कम होगा सर तो लोगों के पास इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये होता है कि लोगों के पास पैसे कम है चीज़ों को खरीदने के लिए अगर चीज पैसे कम रहेंगे तो सर हमारा कंजम्पशन कम होगा और कंजम्पशन कम होगा तो हमारे जीडीपी पे ये सर इफेक्ट करेगा और सर अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से कॉमोडिटीज के प्राइसिस बढ़ जाती है लोगों के पास लिक्विडिटी रहती है लोग अच्छे पैसे लोगों के पास रहते हैं लोग प्राइसिस पे खरीद सकते हैं कंजम्पन बढ़ेगा बट सर लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि इन्फ्लेशन uh, के ज्यादा जा, बढ़ने से uh, अगर उस हिसाब से इनकम नहीं बढ़ता है तो फिर सर प्रॉब्लम हो जाती चीज़िया। चीज़िया। चीज़िया। आपका क्या रहा है आपका बजट वगैरह पढ़ते हैं क्या जी सर निष्पादन बजट एक शब्द होता है सुना है आपने सर आउटकम बजट बताइए आउटकम आउटकम बजट बजट बजट क्या है यस सर सर इस में uh, जो भी uh, पहले हम देखते हैं है uh, जितना हमने एलोकेशन किया था हम एक बार में नहीं देते पहले uh, जो भी काम uh, uh, जितना हुआ है जो आउटकम आता है उसके हिसाब से अगला एलोकेशन से डिटर चलिए अच्छी बात है मनीष जी माई साइड से इतना ही सर इनका इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है आप देखो सर इनका रिव्यू किया जाए मनीष कैसा लगा आपको आपका इंटरव्यू सर ओवरऑल एवरेज था सर एवरेज सर देखिए आपका कॉन्फिडेंस तो बड़ा अच्छा है आप बड़े अच्छे से बोल रहे हैं और इन बातों को अच्छे से रख भी रहे हैं आपका ड्रेसअप भी ठीक है और शेविंग के साथ ऐसे ही जाएंगे या आप शेव करेंगे नहीं सर से, सेव शेव सर। सर, आपका इंटरव्यू कब है आपका? 20 में सर। चलिए दोबारा जब मुलाकात होगी तो उसी तरह से आइएगा जैसा आप इंटरव्यू में जाएंगे नोटिस वाइज आप ठीक लग रहे हैं आप बड़ा अच्छा बोल भी रहे सब चीजों को बोल रहे हैं कोई इश्यू नहीं है बोर्ड में जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाए है ना और जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाए आप उसी लैंग्वेज में उत्तर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा जैसे मनीष सर ने तो आपसे पूछ लिया की आप इंग्लिश में उत्तर देना चाहेंगे या हिंदी में बात करना चाहेंगे तो आप बोलिए क्या हमें इंग्लिश में बात करना ये सर एक्चुअली कम्पलीट हिंदी में बोल पाता सर तो ट्राई करता हूँ जो बोर्ड में पूछ रहे हैं हिंदी में बोलने ले का लेकिन कुछ कुछ टर्म जो होते हैं मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है तो बोल नहीं पाता तो बस वो इंग्लिश यूज कर लेता हूँ वहाँ पे अभी लोग मोस्टली ऐसे ही बोलते हैं बस किसी है। में ज्यादा इंग्लिश के वर्ड होते हैं किसी में कम होते हैं है ना उसमें कोई इश्यू नहीं है तो आप उसको यूज कीजिए लेकिन ये सिंपल था क्योंकि आप बिहार में आ रहे हैं हिंदी स्टेट में आ रहे हैं तो जिसमें आपका कम्युनिकेशन हो क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में आए तो उसी लैंग्वेज में आप रिप्लाई करें बाकी जैसे मनीष ने आपसे पूछा था तो आप रिप्लाई ठीक कर रहे इंग्लिश में बात कर रही कोई इश्यू नहीं था ठीक है ना तो उससे कोई मैटर नहीं करता बाकी बढ़िया आपका इंटरव्यू मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और आप एक अच्छे दावेदार है ना एक अच्छे थैंक थैंक यू यू सर सर सर सर बहुत सुनिएगा सुनिएगा प्रवीण मनीष मनीष वेलकम इस बार मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा थोड़ी you, आप हिंदी देखते हैं मेरी गुजारिश है कि कुछ आप हिंदी पर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा ये राज्य प्रशासन है जहाँ लोक भाषा बिहार की भाषा और हिंदी भाषा को बराबर इज़र दिया जाएगा तो थोड़ा सा आप हिंदी में कोशिश कीजिएगा कि कुछ उत्तर निकाल सके मैं कोशिश सर सर, सर, सर, नहीं नहीं नहीं सर हिंदी में जी सर. हाँ और जहाँ आप भाषा वाली बात समझ गए हैं और थोड़े कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चन को आप ग्राउंड लेवल पे कुछ पॉलिश कीजिए थोड़ी ब्रश अप करेंगे आप कहाँ रह रहे, रहे हैं अभी सर, पटना में हो सर अभी अच्छा पटना में अखबार तो को, को अगले कुछ दिनों तक एग्जामिनेशन डे तक निश्चित रूप से दो से ढाई घंटे एडिटोरियल न्यूज और विज्ञापन एडवर्टीजमेंट भी सर, आप पढ़िएगा क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे अपने प्रोग्राम को एडवर्टाइज करती है जी सर है ना तो उनके जरिए आपको अपडेट होने का मौका मिलेगा और क्या पता इसमें से कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और सरकार के केंद्र द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन हुए हैं जिसमें जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन है यूरोप का प्रधानमंत्री जी का दौरा है यूक्रेन रशिया वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है ऐसे मुद्दे आईपीएल ट्वेंटी क्रिकेट पूरा आपकी नजर पे हो इनको ब्रशअप कर लीजिएगा ये टेंटेटिव एरिया होंगे जहाँ आपसे क्वेश्चन आएंगे अदरवाइज वी विशंट प्रे फॉर यूर सक्सेस आप बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको और हम आपको सफल होते ही देखना चाहेंगे ईश्वर से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रार्थना ठीक है आप डॉक्टर का फीडबैक दीजिए अभी वो आपको फीडबैक देंगे आप लाइन पर रहिए थैंक यू थैंक यू सर मनीष जी आप एक सशक्त कैंडिडेट हैं सुन पा रहे मनीष जी मुझे जी सर अच्छा बोल रहे हैं आप वे ऑफ टॉपिक आपकी अच्छी है थोड़ा सा हमने जो मिस किया वो थोड़ा सा प्रयास कीजिए थोड़ा सा लग रहे हैं। बाकी सर लोग ने जो बताया वो उस पर थोड़ा सा काम कीजिए और फिर यदि समय रहा तो हम लोग मिलेंगे दूसरे मौके में ठीक है जी सर आज के हमारे शायद अंतिम कैंडिडेट है आप अपना वीडियो ऑफ कर ले अंतिम कैंडिडेट है शायद